एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा उनके पास भाजपा नेताओं की अश्लील सीडी है इसलिए भाजपा को अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के हर्ष फायर मामले पर कहा भारतीय जनता पार्टी को अपना चाल चरित्र और चेहरा देखना चाहिए बीजेपी के मंत्री विधायक तमाम नेताओं की अश्लील सी हमारे पास है लेकिन हम इस तरीके के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में शामिल नहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चल चेहरा देखना चाहिए उनके मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्वयं के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्वीर सीढ़ी हमारे पास मौजूद है लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सुनील शराफ ने कोई अपराध नहीं किया उन्होंने नव वर्ष और अपने जन्मदिन पर हर फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग सुरक्षा करें निशानेबाजी सीखें। गृह मंत्री छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराते हैं, इससे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया नव वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था उनका जन्म था इस मौके पर अगर उनने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग अपनी सुरक्षा करें निशानाबाजी सीखें माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी आज सत्ता के मद में मधोस हैं छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराना इससे कोई कांग्रेस के को, कांग्रेस के वाली नहीं उन्होंने कहा 2023 में हम जवाब देंगे और इस चुनाव में प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा नरोत्तम को छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए राष्ट्रीय नेताओं को अपमानित करना ये राजनीति में परंपरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लाए है विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष नवम्बर में आने वाला है उसमें